सो so, आज हम शुरू कर रहे हैं एम का जो सीरीज का मैंने जिक्र किया और उसमें जो पहला टॉपिक है वो मेम्रेन फिजियोलॉजी है ठीक है नर्व एंड मसल ठीक है तो so, पहला एम करते हैं तो बात हो रही है द सपोर्टिंग सेल्स डेट फॉर्म माइलन तो माइलन और पेरीफल नर्वस सिस्टम की बात हो रही है तो ये तीन की हैं और ये सारे ऑप्शंस आपको दिए गए हैं ठीक है तो इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा यहाँ पे आप वीडियो पॉज कर सकते हैं और आप सोच सकते हैं और अपना अपना पहले इंप्रेशन देके फिर आप चेक कर सकते हैं ठीक है तो मैं पॉज करूँगा सही आंसर से पहले ताकि आपको टाइम मिल जाए ठीक है पॉज हो गया करेक्ट आंसर इज सी ठीक है ओके okay, तो सेकेंड uh, एम uh, है कलेक्शन ऑफ uh, एक सेकेंड कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन सेल बॉडीज ठीक है आउटसाइड ऑफ सीएनएस अभी सारे कीवर्ड्स हैं सेल बॉडीज का जिक्र हो रहा है आउटसाइड का जिक्र हो रहा है और सीएनएस का जिक्र हो रहा है ठीक है तो uh, इसमें मैं फिर पॉज लूंगा ठीक है आप पॉज करके इस पर अपना जवाब आप पहले से देखें और फिर आप जवाब दें ठीक है पॉज आप लफ से पॉज कहा करूंगा उसको पॉज कर लिया करें अंदाजा लगाया करें अपने और फिर आप उसको देखा करें ठीक तो बेटे ये इसका जवाब है गैंगलियर ठीक है याद रखें कि अगर ये कलेक्शन ऑफ न्यूरोन सेल बॉडीज सी के अंदर होता तो फिर इसका जवाब न्यूक्लियस अपना न्यूक्लिया होता या न्यूक्लियस होता लेकिन जब ये सी के बाहर लाया करता है तो ये गैंगलियन हो जाता ठीक है ओके फिर हम आते हैं इस पे एम सी क्यू नंबर थ्री पे एम सी क्यू नंबर थ्री का मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं पहले से कि ये इसका क्या मामला है तो बेटा जी ये सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन का जिक्र हो रहा है सूडो यूनिपोलर को मैं बनाने की कोशिश करता हूं यहां पे ऊट पटांग सा बनेगा लेकिन कॉन्सेप्ट समझ में आ जाना चाहिए ठीक है तो इसकी सेल बॉडी एक होती है और उसमें से एक ही प्रोसेस निकल रहा होता है ये सेल बॉडी है ठीक है और इसका एक प्रोसेस ये है और एक प्रोसेस ये है तो एक प्रोसेस पेरीफ्रल नर्वस सिस्टम को चला जाता है और एक यानी नर्वस की तरफ चला जाता है और दूसरा प्रोसेस उसका सी की तरफ चला जाता है ठीक है तो पूछा जा रहा है विच ऑफ दीज न्यूरो न्यूरो न्यूरोन कौन सा है, ठीक है? Pause. अच्छा, तो इसका जवाब है, है? Okay, है, है ठीक है? और फाइव जो हैं, वो डीपोलराइज डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन से के मुतालिक हैं, ठीक है बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है यह अगर आ जाएं तो आप कि आपको फ्री मार्क्स मिल जाएंगे ठीक है तो ये बेटे क्वेश्चन है uh, की बात हो रही है है है हर जगह इस तरह ही होती है, ठीक है? तो इसका ये किस तरह से, किस तरह से से प्रोड्यूस होती है ठीक है पॉज इसका करेक्ट आंसर ए है आपको पता है कि इनवर्ट डिफ्यूजन ये बात इनवर्ट हो रही है इनवर्ट डिफ्यूजन ऑफ सोडियम इससे डिपोलराइजेशन होती है ठीक है अच्छा अब हम रिपोलराइजेशन देख लेते हैं आपको बताया है कि रिपोलराइजेशन एक्शन पोटेंशियल के दौरान प्रोड्यूस होती है तो किस चीज से प्रोड्यूस होती है पॉज तो रिपोलराइजेशन जो होती है वो ऑप्शन सी है हम जानते हैं कि ये आउटवर्ड डिफ्यूजन ऑफ पोटेशियम की वजह से होती है बाकी सारे आंसर गलत हैं ओके क्वेश्चन नंबर सिक्स स्ट्रेंथ की बात हो रही है स्ट्रेंथ ऑफ डी पोलराइजेश पढ़ देता हूं As the strength of depolarizing, depolarizing stimulus to an axon is increased, अब आपने दो तीन चीजें देखनी है बात वो कर रहा है ठीक अच्छा है और बात हो रही है कि उसको जैसे जैसे हम इनक्रीज करें तो पहले हमने इतना किया फिर हमने इतना किया फिर हमने इतना किया फिर हमने इतना किया ठीक है ये हो रही है बातेंथ आप बढ़ाते जाते हैं ठीक है इसका क्या आंसर होगा अब इसमें एम्पलीट्यूड भी दिया हुआ है ड्यूरेशन भी यानी वो पूछ रहा है कि एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है एक्शन पोटेंशियल का क्या ड्यूरेशन बढ़ जाती है स्पीड बढ़ जाती है या फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है ठीक है yes देना. इसका आंसर बेटा जी डी है याद रखिए स्ट्रेंथ ऑफ ये अपना स्टिमुलस जैसे बढ़ता है तो मल्टीपल एक्शन पोटेंशियल यानी वो ज्यादा प्रोड्यूस होने शुरू हो जाते हैं नर्व फाइबर में ठीक है क्वेश्चन नंबर सेवन क्या है आगे चलते हैं अब बात वो कर रहा है कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल्स की ऑफ एक्शन पोटेंशियल्स की माइलिनेटेड नर्व फाइबर ठीक है तो वो ये कह रहा है द कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल इन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स इज ए सोल्टेट्री बी विदाउट डिक्रीमेंट यानी इसमें कोई लॉस नहीं होता सिग्नल लॉस नहीं होता ये कमजोर नहीं पड़ता ये यानी पूरी लेंथ ऑफ द नर्व फाइबर पे एक ही स्ट्रेंथ के साथ जाता है इसका मतलब है डिक्रीमेंट विदाउट डिक्रीमेंट और फास्टर देन इन एन फाइबर। ठीक है Pause. इसका जवाब है डी अब याद रखिएगा कि ये सिर्फ प्रैक्टिस एमसीक्यूज है बेटे ठीक है तो ये एमसीक्यूज uh, uh, यूएचएस में आपको आएंगे यूनिवर्सिटी में जो आपको आएंगे वो स्टैंडर्ड एमसीक्यू फॉर्मेट होगा यानी आप ये देखें कि आपको ये पहले मुझे बताना चाहिए था आ, हर एम जो है वो फाइव स्टेमर आएगा ठीक है ए बी सी और डी ठीक है और दूसरा ये कि वो ये ऑल ऑफ द अब और इस तरह के नहीं आएंगे ठीक है एक्सेप्ट वाले भी नहीं आएंगे ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट ये वाले इस तरह की लैंग्वेज नहीं आएगी एमसीक्यूज में ठीक है Uh, मुझे जो भी एमसी uh, uh, मिले जो किसी कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर रहे हैं मैंने वो सेलेक्ट कर लिया मैंने ये नहीं देखा उनको फॉर्मेट किया तो इसलिए मैंने uh, ये फॉर्मेट आपको मैं बताता रहूंगा रिपीट करता रहूंगा गाहे बगाहे ताकि आपको याद रहे ताकि आप परेशान ना हो जाए अचानक कि जी इधर तो देखें जैसे सिक्स क्वेश्चन नंबर सिक्स का भी ए टू डी है सेवन का भी ए टू डी है कुछ इसमें होंगे वो ए टू ई होंगे तो ये मैंने मिक्स किए हैं मुख्तलिफ सोर्स से uh, करके इसको अडेप्ट किया है Uh, तो इस पर ना जाइएगा ए टू e ही है और चूज द बेस्ट आंसर है ये बात याद रखिएगा ठीक है क्वेश्चन नंबर एट भी मजा क्वेश्चन है क्वेश्चन uh, अगेन uh, जो की uh, वर्ड है वो ये नॉट है ठीक है ये बेटा जी आपने अच्छी तरह क्वेश्चन पढ़ेंगे ना तो ये फिर आप ऑब्वियस मिस्टेक्स नहीं करेंगे ठीक है अब बात हो रही है विच ऑफ दीज यानी इन पांचों में से विच ऑफ दीज इज नॉट तो मैं आपको पढ़ देता हूँ uh, e क्या है दे आर ऑल और नन इन ऑल और नन लॉक पता होना चाहिए दे डिक्रीज इन एम्प्टीट्यूड विद डिस्टेंस ठीक है ये डिस्टेंस के साथ इनका एम्प्टीट्यूड कम होता है दे अब ये बात याद रखिए नॉट लगा हुआ है। आपने इसमें से वो वाली प्रॉपर्टी ढूंढनी है जो सेनेप्टिक पोटेंशियल की कैरेक्टरिस्टिक या प्रॉपर्टी नहीं है ठीक है तो वो ऑब्वियसली इनमें से एक होगा पॉज तो करेक्ट आंसर ए है ठीक है करेक्ट आंसर ए है ए क्या आंसर है ऑल और नन मैंने आपसे बात की थी कि ऑल और नन लॉ आपको पता होना चाहिए ठीक है और ये बात याद रखिए बेटा जी कि सिनेप्टिक पोटेंशियल्स ऑल और नन लॉ फॉलो नहीं करते नर्व एक्शन पोटेंशियल करता है सिनेप्सिस पे जो एक्शन uh, पोटेंशियल होता है जो इलेक्ट्रिकल uh, एक्टिविटी होती है वो ग्रेडिड होती है ऑल और नन नहीं होती अच्छा अब आप ये वाला क्वेश्चन uh, देखें विच ऑफ दीज इज नॉट ए करेक्टरिस्ट ऑफ करशन हो गया मैंने दिखा भी इस ले रहा हूँ क्वेश्चन एट और नाइन का डिफरेंस पता लगे अब यहाँ भी नॉट लगा हुआ है यह भी आपने जहन में रखना है फिर वही बात कैरेक्टरिस्टिक की हो रही है और इस दफा बात हो रही है एक्शन पोटेंशियल की अब आपने ये देखना है कि इनमें से गलत कौन सी चॉइस है ये ए टू डी है क्या ये है they are produced by voltage regulated gates ya yeah, they are conducted without decrement ya yeah, sodium or potassium gates open at the same time ya yeah, the membrane potential reverses polarity reverses polarity during depolarization theek hai isme se aapne select karna hai ki kaun sa characteristic nahi hai pause iska answer hai answer c theek hai एक्शन पोटेंशियल्स के दौरान सोडियम और पोटेशियम गेट्स एक साथ नहीं खुलते ऑब्वियसली सोडियम गेट खुलता है कब खुलता है सोडियम गेट डीपोलराइजेशन के दौरान डीई और पोटेशियम गेट्स खुलते हैं रिपोलराइजेशन के दौरान आरई RE, रिपोलराइजेशन के दौरान ठीक है सो क्वेश्चन नंबर टेन है ड्रग दैट इनएक्टिवेट्स एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेस बात ड्रग की हो रही है इनएक्टिवेट यानी इनहिबिशन की हो रही है एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेस का आपको पता होना चाहिए यह क्या चीज है एसिटाइल कोलिन वो एनजाइम जो एस्टाइल कोलिन को डिस्ट्रॉय करता है या तोड़ता है बात कर रहा है कि ड्रग जो एस्टाइल कोलिनेस्ट्रेजी वो एनजाइम जो एसिटाइल कोलिन को डिस्ट्रॉय करता है उसको एक ड्रग इनएक्टिवेट कर देती है तो वो उसका नतीजा क्या क्या नतीजा यह निकलेगा कि इनहिबिट हो जाएगा रिलीज ऑफ फ्रॉम एंडिंग्स और इनहिबिशन इनहिबिट्स ऑफिनीजेज अटैचमेंट ऑफ एस्टाइल कोलिन टू इट्स रिसेप्टर और स्टिमुलेट मसल कॉन्ट्रेक्शन या डिस पॉज तो इसका करेक्ट आंसर है जैसे आप जानते हैं कि सी तो अगर आप एसिटाइल कोलिनस्ट्रेस को इनहिबिट कर देंगे इसका मतलब है कि वो एंजाइम जो एस्टाइल कुलीन को तोड़ रहा है वो अब इनहिबिट हो गया कम हो गया ठीक है तो एसिटाइल कुलीन अब ज्यादा मकदार में आ, सिनेप्टिक क्लेफ्ट में पाई जाएगी ये बात हो रही है नर्व मसल का जो जंक्शन है न्यूरोमस्कुलर मस्कुलर जंक्शन वहां की बात हो रही है ठीक है तो नॉर्मली वहां पर एस्टिटाइल कोरस पड़ा हुआ होता है ताकि एस्टाइल ज्यादा ओवर ना हो जाए तो उसको वो साथ साथ तोड़ता रहता है लेकिन अगर आपने किसी भी कंडीशन की वजह से आपने ड्रग दी जो उसको इनिबिट करेगी तो वो एसिटाइल कोलिन का को वहां पे अमाउंट को बढ़ा देगी इंक्रीज कर देगी और एबिलिटी ऑफ एसिटाइल टू मसल अबिलिटी बढ़ जाएगी ठीक है अच्छा ये होगी बात उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन इलेवन पोस्टिक्टिजियोलॉजी का ठीक है पोस्टिक इनिबिशन यानी पोस्ट सैनेप्टिक समुराध यह है कि जब साइन होता है यहाँ पे थोड़ा सा ड्रॉ uh, कर लेते हैं अब ये अगर नर्व है ठीक है ये मसल है ड्रॉइंग के नंबर ना नहीं मिलने मिलते है मुझे हैं? तो ये ये जनाब वो है साइन है ये नर्व है इसको नर्व कह देते हैं ठीक है ये नर्व है और ये मसल है ठीक है ये नर्व और Nerve, nerve भी हो सकती है, है तो नर्व मसल तो, भी हो सकता है ठीक है तो न्यूरोन भी हो सकता <स्थाथ> है ठीक है अच्छा अब बात हो रही है कि जनाब ये जो है ना ये इनिबिट हो गया पोस्टिक इनिबिशन किस किससे प्रोड्यूस होती है ठीक है किस चीज से प्रोड्यूस आप क्या करें पोसेनेप्टल को कि वो इनहेबिट हो जाए ठीक है पॉज तो इसका बेटा जी आंसर है बी हाइपर पोलराइजेशन आप जानते हैं कि हाइपर क्या होती है हाइपर होती है कि जब हम इसको थोड़ा सा पतला कर लेते हैं इस जब हम एक्शन पोटेंशियल ड्रॉ करते हैं एक्शन पोटेंशियल अब ड्रॉ करते हैं तो डी होती है रीपोलराइजेशन होती है और अगर रीपोलराइजेशन रेस्टिंग पोटेंशियल से भी नीचे चली जाए है। अगर नीचे चली जाए और यहां बैठ जाए जाके तो इस इस इस को, इस चीज चीज को को हम कहते हैं हाइपरपोलराइजेशन यानी अब इस इस जगह को या इस नर्व को या इस हिस्से को दोबारा डीपोलराइज करने के लिए वक्त चाहिए ज्यादा इसको एफर्ट करनी पड़ेगी क्योंकि तो एरिया है ये उससे भी नीचे चला गया तो इसको पहले तो मेहनत करनी पड़ेगी ऊपर आने के लिए ठीक है फिर कहीं जाके रेस्टिंग मेम्रेन पोटेंशियल को हिट करेगा फिर यह डी पोलराइज करेगा ठीक है तो पोस्टिकाइपर पोलराइजेशन ऑफ पोस्टिक मेम्रेन से मुमकिन है अच्छा अब नेक्स्ट एमसी क्यू है इससे बात हो रही है के अगेन हम की बात कर रहे हैं और पोस्टिक्स टू अब एक दो नई चीजें आई हैं आपके सामने वाली चीजें हैं हाइपर पोलराइजेशन अब खुद इंफॉर्मेशन आपको दे रहा है कि पोस्टिक मेमब्रेन पर हाइपर पोलराइजेशन कराने का तरीका है कि ग्लाइसिन या गैबा रिलीज करे प्री सेनेप्टिक टर्मिनल ठीक है कोई भी प्री सेनेप्टिक टर्मिनल ये ये न्यूरो ट्रांसमिटर्स रिलीज करे तो इससे होगा क्या और हाइपरपोलराइजेशन इन इन इनके रिलीज होने के नतीजे में कौन से चैनल के ओपनिंग की वजह से हाइपरपोलराइजेशन हो जाए ठीक है सोडियम के पोटेशियम के कैल्शियम के या क्लोराइड के पॉज तो इसका बेटा जी आंसर है ऑप्शन डी याद रखिए क्लोराइड चैनल जब ओपन होते हैं तो नेगेटिवली चार्ज जो आ, चा, यानी नेगेटिवली चार्ज आइन क्लोराइड है वो अंदर चला जाता है और आप जानते हैं कि जब डीपोलराइजेशन हमें चाहिए होती है तो हम पॉजिटिव चार्ज अंदर डालते हैं और जब हमें चाहिए होती है तो हम पॉजिटिव चार्ज अंदर से बाहर निकाल लेते हैं यानी हम अंदर नेगेटिविटी प्रोड्यूस करते हैं अगर हमें रीपोलराइजेशन चाहिए आर वाली रीपोलराइजेशन तो दरअसल हाइपर पोलराइजेशन रीपोलराइजेशन की एग्जेजन ठीक है।, है आपको याद होगा मैंने यह आपको ड्रॉ करके दिखाया था के ये रसिंग मेमरियम पोटेंशियल है ये डीपोलराइजेशन है ये रीपोलराइजेशन है, है और ये हाइपरपोलराइजेशन है ठीक है तो बुनियादी तौर पर तो बात यही हो रही है कि जो रीपोलराइजेशन है उसकी एग्जेजन ही हाइपरपोलराइजेशन है ना? तो चाहे आप पॉजिटिव आइन यानी पॉजिटिव आइंस को आप बाहर निकाल दें पॉजिटिव तो नहीं ये कुछ और ही बन तो गया बनाते हैं इसको या बाहर निकालें या आप नेगेटिव आइंस को अंदर लें बात एक ही है आप सेल के अंदर नेगेटिविटी बढ़ा रहे हैं इसे कहते हैं रिपोलराइजेशन और जब यह बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो इसका नाम है हाइपर ठीक है ठीक है ये एक अच्छा मशहूर एमसीक्यू है ठीक है Uh, इसका जो ताल्लुक है वो एबसल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड से है आपको पता है कि जो होता है, वो दो होता है, एक वो एब्सो होता है ठीक है, है तो ये बड़ा एक है, ये आ जाता होता है तो अब इन चॉइसिस में से कौन सी चॉइस है न्यूरोन अगर्स ओनली ड्यूरिंग रिपोलराइजेशन फेज ओनली ड्यूरिंग ओनली डीपोलराइजेशन फेज या डी तो, ये बात याद रखिए बनाना पड़ेगा दोबारा बना लेते हैं ये एक्शन पोटेंशियल uh, तो deep, ये, ये हो गया तो ये वाला हिस्सा ये वाला हिस्सा ठीक है और पहला वन थर्ड ऑफ रिश्ठी तक एब्सल्यूट रिफ्रैक्टरी ठीक है और एब्सोलूट रिफ्रैक्टरी पीरियड का मतलब यह है कि इस सारे एरिया को ठीक है ना इस सारे एरिया ए ये ठीक है इसको पीरियड इसलिए कहते हैं कि इस दौरान आप जो चाहे कर लें आप जितना चाहे एक सेकंड स्टिमुलस और दे दें ये नर्व दोबारा डिपोलराइज नहीं हो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड का मामला ये होता है ये कि इसमें जनाब अली आप अगर जरूरत से ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस दे तो एक्शन पोटेंशियल नया इस दौरान जनरेट हो सकता है रेलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड में याद रखें जो है, उसमें आप जो चाहे कर लें उसमें दोबारा सेम सी क्यू बहुत ज्यादा आपके लिए नहीं होगा अगेन ये मेरा अंदाजा है, ये हो सकता है। uh, तो ये एम सी क्यू जिस तरह से विच ऑफ दिच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबाउटोम होती है ये ठीक no, uh, है uh, इसमें कौन सा फॉल्स है तो ये जरा थोड़ा सा टफ uh, एम है uh, इस लिहाज से कि ये प्रॉब्ली आपके सिलेबस में नहीं है तो इसका खैर मैं स्ट्रेट वे आपको आंसर बता देता हूं कि इसका आंसर है बी ठीक है बाकी सारे uh, जो हैं वो करेक्ट uh, हैं और ये वाला जो है ये गलत है इंक्रीज बाय द एक्शन ऑफ कैटिकोलम ये कैटिकाइल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज बहरहाल इसको आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं कि आप ये इंफॉर्मेशन याद करें कि कैटिकोलम uh, यानी नॉन एपीनेफरीन एपीनेफरीन और डॉकोमिन जो हैं वो कैटिकोलोम कहलाते हैं uh, और ये इनएक्टिवेट हो जाते हैं मोनोमाइन ऑक्सीडेज से इनकी रीअपटेक इनटू बाई री अप्रीस और ये एम पी प्रोडक्शन को स्टिमुलेट uh, करती है ठीक है तो इस इस एमसीक्यू को आप एक नॉलेज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं अच्छा जनाब ई पी एस पी फ्रॉम न्यूमरस यानी एक से ज्यादा प्री सनेप्ट फाइबर्स कन्वर्जिंग कन्वर्ज कर रहे हैं वो इकट्ठे हो रहे हैं ऑन वन पोस्टिक टर्म ठीक है ये शायद uh, बहुत ज्यादा इंग्लिश है इसमें इसको जरा सिंप्लीफाई कर लेते हैं है जी तो हम बात कर रहे हैं मिसाल के तौर पर ये है जनाब अली आपका पोस्ट सिनेप्टिक टर्मिनल ठीक है पोस्ट सिनेप्टिक टर्मिनल न्यूरॉन और उसपे जो प्री सिनेप्टिक नर्व फाइबर्स हैं वो बते रहे हैं काफी ज्यादा है मोर देन वन ठीक है चलो एक और बना हैं एक और बना हैं ठीक है अभी सारे प्री सेनेप्टिक टर्मिनल ये एक टर्मिनल के ऊपर टर्मिनेट कर रहे हैं ठीक है और ये सारे के सारे जो हैं, ये excitatory है. Excitatory, है ये, सारे, ये मैं प्लस कर रहा हूं इसको, वो काटाना समझ लेना सारे प्लस साइन ओके तो ये सारे जब अपना फायर करेंगे तो ये एक्साइटेटरी जो न्यूरो ट्रांसमिटर वो रिलीज करेंगे और वो सारे के सारे इस पर एक्ट करेंगे ठीक है तो पूछ रहा है कि इस टाइप ऑफ समेशन को क्या कहते हैं क्या इसको स्पेशल समेशन कहते हैं या लॉन्ग टर्म प्रोटेंसिएशन कहते हैं क्या इसको टेम्पोरल समेन कहते हैं या इसको इसकोसिटी कहते हैं ठीक है पॉज तो इसका बेटे जवाब है ए इसको स्पेशल हैं। याद रखें जब यह सिचुएशन होती है कि टर्मिनल्टिक टर्मिनल एक होता है और उसके ऊपर ढेर सारे प्री सेमेट्रिक टर्मिनल आ जाते हैं और वो एक साथ डिस्चार्ज करते हैं ताकि समझा uh, uh, रहा हूँ सेकेंड टाइप ऑफ समेशन टेम्पोरल समेशन कहलाती है टेम्पोरल समेशन में फॉर्मेट को जिस तरह से होता है कि uh, एक पोस्ट्रिक टर्मिनल होता है और से एक प्री टर्मिनल होता है या अगर ढेर सारे भी हों तो जो एक्टिवेट हो रहा होता है वो एक हो रहा होता है इसलिए एक ही बनाया लेकिन ये क्या करता है ये एक्टिवेट बार बार होता है, बार बार बार बार बार करता है टर्मिनल को। तो एक के बार बारेट होकेमिनल को स्टिम्युलेट करने की कोशिश करना इसको कहते हैं टेम्पोरल ठीक है ये इस एम सी क्यू में नहीं पूछा गया इसमें आपसे वो समेन पूछी गई जो जोग्राफियाई है जियोग्राफल जियोग जियोग्राफिकल है ठीक हैल्टीपल प्रीसम okay, ओके अगेन थोड़ा सा hard MCQ क्यू uh, which of these statements about acetylcholine uh, receptors, कुलिंग so रिसेप्टर की बात हो रही है अब इज फॉल्स ठीक है again uh, false से मुराद ये है कि इस इन पूरे इन चारों में एक चीज false है बाकी सब true है और क्योंकि ये एक जरा मुश्किल एम है तो इसको आपने इस तरह से यूज़ करना है कि जो ट्रू स्टेटमेंट्स हैं वो आपने याद कर लेने ठीक है, है? फिलहाल चलें लेट्स ट्राई के आपका क्या रिस्पांस आता है इसमें पॉज <coughs> तो 16 का बेटे जो आ, सही की है जो आंसर है वो ये है ये जो स्टेटमेंट है ये स्टाइल कोलिन रिसेप्ट के लिए फिट नहीं होती ये फॉल्स है ठीक है आ, और बाकी सारी इसकी तो बाकी सारी पे आप जरा और कर लें और वो ट्रू है उसको याद कर जी ये अब एक और हाइपर पोलराइजेशन का सवाल आ गया ठीक है? जो है वो होती है सब न्यूरो दिए गए हैं एक्सेप्ट अगेन इट्स अनलाइक आपको यूनिवर्सिटी क्वेश्चन uh, में एक्सेप्ट वाले सवाल आए लेकिन बहरहाल तो इन सारों में से एक कोई है जो हाइपर पोलराइज uh, नहीं करता ठीक है वो, वो आपको पता होना चाहिए 17 के ये. CNS, ये जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर न्यूरोन नहीं करता इसके अलावा uh, करती है ग्लाइसिन करता है और कैबा करता है इसी तरह से एक रिकॉल बेस्ड एक और क्वेश्चन है एक <coughs> पोटेंशियल आपको मालूम होना चाहिए इक्विलिब्रियम पोटेंशियल क्या होता है इक्विलिब्रियम पोटेंशियल होता है जब ग्रेडियंट का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो केमिकल है अपना इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल के बराबर आ जाए ठीक है तो एक तरफ ग्रेडियंट प्रेशर लगा रहा है और दूसरी तरफ जो जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है वो प्रेशर लगा रहा है जब ये दोनों प्रेशर्स बैलेंस हो जाते हैं तो उसको हम इक्विलिब्रियम पोटेंशियल कहते हैं ठीक है तो पोटेंशियल हर आयन का होता है सोडियम uh, का भी होता है पोटेशियम का भी होता है और क्लोराइड का भी होता है तो आपको क्लोराइड का पूछ रहा है ठीक तो है? ये रिकॉल बेस है यानी ये ये आपको याद होना चाहिए ये क्या है <coughs> तो ये आप देखें पॉज तो बेटे ये है ई माइनस सिक्सटी क्लोराइड का इक्विलेब्रियम पोटेंशियल ओके क्वेश्चन नाइनटीन में एक इशू था मैंने उसके कर दिया है uh, तो वी गो टू क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी में बात हो रही है किसकी बात हो रही है सिंपल डिफ्यूजन की और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की तो ये ट्रांसपोर्ट है ट्रांसपोर्ट अक्रॉस मेम्रेन का सवाल है ये और पूछा गया है शेयर ठीक है तो दोनों का कॉमन कैरेक्टरिस्टिक क्या है इन दोनों ये दोनों प्रोसेस हैं इन इनमें कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है इन पाँचों में जो मुश्तर है ठीक है पॉज इसका करेक्ट आंसर है कि ये सारे एक्टिव प्रोसेसेस नहीं है, इनको एटीपी नहीं चाहिए होता बाकी सारी चीजें जो है वो इनमें मुश्तर हो सकती है ठीक okay, है? ओके ये मजदार सवाल है ये आप देखें एक्साइटेशन कॉन्ट्रेक्शन कप्लें की बात हो रही है आप महसूस कर सकते हैं कि हमारी जो कवरेज है कॉन्सेप्ट की वो अच्छी है इसमें नर्वन मसल वगैरह कुछ ट्रांसपोर्ट के हैं कुछ नर्व के हैं कुछ मसल्स के हैं एक्साइटेशन कपलिंग है, ठीक है ये वो सरहद है जहाँ पे नर्व मसल के साथ जुड़ती है और जो एक्शन पोटेंशियल नर्व में आ रहा होता है वो फिर में ट्रांसफर होता है और मसल को कॉन्ट्रैक्ट करवाता है ठीक है तो ये है जनाब एक्साइटेशन कॉन्ट्रेक्शन कपलिंग और यहाँ बात हो रही है स्केट्रल मसल की और कह रहा है कि इस प्रोसेस में स्केलेट्रल मसल में आ, ये पांचों में से कौन सी ऐसी चीज है जो नहीं होती बाकी चार चीजें होती हैं एक एक चीज एंड में एक इवेंट है जो नहीं होता वो कौन सा पॉज तो बेटा जी इसका जवाब है बी कैल्शियम बाइंडिंग ऑफ कैल्शियम टू तो कैलमोड्युलन आप जानते हैं कि तो कैलमोड्युलर मसल में होता ही नहीं है ये तो स्मूथ मसल में होता है तो ये यह यहां से पकड़ा जाता है बाकी सारे आपने अच्छी तरह ये करने हैं ये सारे होते हैं और ये एक अच्छा तरीका है रिवाइज करने का कि एक्साइटेशन कॉन्ट्रेक्शन कपलिंग में इवेंट्स होते कौन कौन से ठीक है आपको मालूम होना चाहिए डायहाइड्रोपायन रिसेप्टर क्या होता है ट्रांसपोर्ट की क्या इंपॉर्टेंस है और ऑफ़ कोर्स सोडियम कंडक्टेंस की क्या इंपॉर्टेंस है ठीक है अच्छा ये दोनों एम बहुत अच्छे हैं ये इन द सेंस ये आपको पढ़ाते बहुत है ठीक है बात हो रही है कॉन्ट्रेक्शन की स्केलेटल मसल में ठीक है इट इज मोस्ट लाइकली टर्मिनेटेड यानी खत्म होती है कौन से फॉलोइंग एक्शन से हम बात कर रहे हैं muscle contraction की पूछा जा रहा है कि वो इन पांचों में से कौन सा ऐसा एक्शन है जिससे वो खत्म हो जाता है टर्मिनेट हो जाता है ठीक तो तो है तो पॉज इसका जवाब है डी रिमूवल ऑफ सार्को प्लाज्मा क्रिटिकल कैल्सियम सो so, आप जानते हैं कि सार्कोप्लाजम से कैल्शियम बाहर रिलीज होता है स्पार्क्स की सूरत में धड़ाधड़ रिलीज होता है और वो जाके फिर आ, आ, एक्टिन आ, के मॉलिक्यूल से कनेक्ट होता है और वो ट्रिगर करता है एक कॉन्फॉर्मेशन चेंज होता है फिर वो मायोसिन से अटैच कराता है एक्टिन को और फिर वो स्लग जो स्लिंग फिल्मेंट थ्योरी है उसके मुताबिक ये दोनों फिल्मेंट्स आपस में क्रॉस क्रॉस करते, है, करते हैं क्रॉस ब्रिज करते हैं डाल तो है, है, है, देते हैं अब कैल्शियम हो गया गायब तो, तो, तो है ये बड़ा अच्छा है ये बाकी भी आपने पढ़ने हैं ठीक है वो सारे होते हैं ठीक है ना वो सारे स्टॉप नहीं करते लेकिन भैरल बिल्कुल इसी तरह ये बहुत अच्छा एमसीक्यू है पढ़ने के करने के पावर होती है एमसी क्यू की अच्छी खासी चीज रिवाइज कर ली अगर आप उसको प्रॉपरली सारे बुक सारे बुक पढ़े मैं इसलिए नहीं सारे एक एक करके पढ़ रहा फिर उससे फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है तो मैं सिर्फ आपको की एक्सप्लेन कर देता हूँ ठीक है लेकिन ये आपने बाकी सारे खुद पढ़ने हैं ये अब सून नसल पे आ गया तो इस एक छोटे से सफ़े पे आप Uh, कितनी चीजें रिवाइज कर लेते हैं। ये है अच, अच्छे एमसीक्यूज़ अगर कर ले बंदा तो उसमें नॉलेज अच्छी खासी गेन हो जाती है। अब स्मूथ मसल की बात हो रही है बात कर रहा है कि सबसे एक्यूरेट uh, तो जनाब के डज नॉट रिक्वायर एन एक्शन पोटेंशियल स्मूथ मसल कॉन्ट्रेक्शनशियल स्पॉन्टेनियसली भी इसमें कॉन्ट्रेक्शन uh, जनरेट uh, हो जाती है लोकल पोटेंशन के जरिए ओकेस्ट okay? है बेस्ट uh, के ये एट्रीब्यूट यानी अगेन प्रॉपर्टी या कैरेक्टरिस्टिक एट्रीब्यूट ये सारे बेटे एक ही वर्ड है ठीक है अब स्मूद मसल विसरल स्मूथ मसल की बात हो रही है और आगे क्या बात हो रही है आगे बात ये हो रही है कि इसको मैं रेड से कर देता हूँ नॉट शेयर Not by आपका तो so, वो कौन सी नीचे एटीट्यूड इन में दी हुई है जो विसरल और स्मूथ जोरेटन मसल के दरमियान कॉमन नहीं है और वेरी इंपॉर्टेंटली अगेन इसमें आपकी बहुत अच्छी लर्निंग हो जाएगी कि बाकी चार जो हैं वो कॉमन है ठीक है ना ये वाले एमसी की नहीं होने चाहिए एग्जाम में ठीक है पॉजना आंसर जो है वो ये है कि जब आप स्मूथ uh, मसल को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो स्ट्रेच वो कॉन्ट्रैक्ट करता है ठीक है लेकिन स्केलेट्रल मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता ठीक है बाकी सारे फिर से पढ़ लेना ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है रेस्टिंग मेम्रेन पोटेंशियल सो आरएमपी की बात हो रही है रेस्टिंग पोटेंशियल माइलेनेटेड नर्व फाइबर में प्राइमेरिली मेन डिपेंड तो बहुत चीजों पर करता है प्राइमेरिली का मतलब है सबसे ज्यादा किस पे करता है कौन से वाले आइन पे करता है ठीक है ये सवाल बड़ा कॉमन है आना चाहिए बेसिक सवाल है और इसकी पीछे एक वजह भी है ठीक है पॉज तो इसका जनाबली जवाब है पोटैसियम ठीक है पोटैसियम क्यों क्योंकि आप जानते हैं कि जो नर्व मेमब्रेन होती है पोटैसियम नेचुरली सबसे ज्यादा परमियबल होता है उसके अक्रॉस सोडियम से ज्यादा कैल्शियम से ज्यादा हर चीज से ज्यादा होता है ठीक है क्यों होता है क्योंकि उसमें ढेर सारे पोटासम ली की चैनल मौजूद होते हैं तो ये भी एक बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड अल्लाह कर आ जाए आपके इम्तहान में ये तो बड़ा इसे कहते हैं हलवा सवाल है कैल प्रोटीन आप जानते हैं क्या है किसमें होता है तो वो कहते हैं कि बोथ स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनलीटोमिकली एंड फिजोलॉजिकली किस प्रोटीन के साथ उसका ज्यादा ताल्लुक है रिलेट करता है ठीक है पॉज इसका बेटा सीधा सीधा जवाब है ये ऑप्शन नंबर डी है ठीक है ट्रोपोन uh, सी uh, को जाके के साथ ये कैलमोडन स्मूथ मसल में सबसे ज्यादा रिलेट उसके साथ करता ठीक है जी नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फॉलोइंगस ऑफ माइलिनेशन तो माइलिनेशन का नतीजे में लार्ज नर्व फाइबर में इनमें से कौन सा कॉन्सिक्वेंस है इस जब लार्ज फाइबर्स की माइलिनेशन होती है तो उसके नतीजे में क्या होता है क्या वेलोसिटी होती है? ये सारा आप, फिर आप देख लें, ठीक है लें इसको और फिर एक्शन पोटेंशियल सिर्फ वहां पर जनरेट होते हैं बाकी जो इंसुलेशन होती है माइलिन की Uh, उस वहाँ वो वहाँ बचत हो जाती है एनर्जी की भी बचत हो जाती है वहाँ से फिर वो हॉप करती है नोड टू नोड एक्समीटर नेचर हॉप करता है तो इससे उसकी स्पीड भी तेज हो जाती है ठीक है तो ये बाकी भी आपने पढ़ने हैं बाकी भी आपकी फिर ये ये सारी नॉलेज ही नॉलेज है ठीक है ना ये पढ़ लो एक तरह से रिवाइज करने में आसानी हो जाएगी ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन बात हो रही है सिमिलैरिटी की और इस दफा हम बात करेंगे स्मूद और काढ़ी मसल की ठीक है अब नीचे दिए हुए पांच में से आपने सेलेक्ट करना है कि स्मूथ और कार्डिक मसल में सिमिल, सिमिलर जो कैरेक्टरिस्टिक है वो कौन सी ठीक है पॉज ठीक है ये सारे पढ़ लिए आपने इसमें आंसर है बी ये दोनों ही कैल्शियम को पे डिपेंड करते हैं ठीक है बाकी सारी चीजें मुश्तर नहीं है ओके जी नेक्स्ट सवाल है कि हम नॉर्मल हेल्दी मसल की बात कर रहे हैं वॉट अकर रिजल्ट ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ एन एक्शन पोटेंशियल एक्शन पोटेंशियल प्रोपोगेट हो रहा है चल रहा है अपना काम कर रहा है इन द टर्मिनल ऑफ अ मोटर न्यूरोन ठीक है प्रोपोगेशन uh, हो रही है एक्शन पोटेंशियल की मोटर न्यूरोन से मसल में आ रहा है मोटर न्यूरोन से एक्शन पोटेंशियल मसल के अंदर आ रहा है तो इन uh, फॉलोइंग में से क्या शे क्या चीज हो रही है ठीक है पॉज तो 29 का जो आंसर है वो ऑल ऑफ तरह पढ़ लेना ठीक है ठीक है? है अच्छा अब पे बात करते हैं जनाब ये है ठीक है पॉज इसका जवाब है आई बैंड आई बैंड ऑफ द सार्कोमीटर आपकी यहाँ पे रिविजन होनी चाहिए ऑफ ऑल द स्ट्रक्चर ऑफ द सार्कोमेयर ठीक है सारे बैंड और सारी लाइन आपको यहाँ पर याद कर लो अच्छा जी ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड ए ग्री कॉल एम सी क्यू है क्रॉस सेक्शन लिया गया है स्कैल्ट मसल फाइबर का थ्रू द एज जोन अगेन इसमें आपको सार्कोमेयर की एनेटमी रिवाइज करनी होगी तो वो कहता है कि जब एज जोन के में आपने इसको जैसे ये अगर सार्कोमेयर है और यहाँ पर आपने एज जोन पर इसको कट किया और अब आप इसको देख रहे हैं कि क्या तो इनमें से कौन सी चीज कौन सा ऑप्शन करेक्ट है तो इसमें बेटे आंसर इज अच्छा मैंने पॉज नहीं कहा स्ट्रेट फॉर्वर्ड क्वेश्चन है यह सबको आना चाहिए टेक्निक कॉन्ट्रेक्शन हो रही है यानी लगातार कॉन्ट्रेक्शन हो रही है स्केल्टल मसल में हो रही है तो वो किस किस चीज के रिजल्ट में होगी कौन सी चीज इंक्रीज हो जाएगी इंट्रा कंपार्टमेंट uh, में जिसकी वजह से टेटनिक कॉन्ट्रेक्शन होगी स्कर्ट uh, मसल में इसका एक और तरीके से भी कि ये टेटनी किस की वजह से होती है ठीक है आंसर आंसर तो है है इसका कैच ठीक है ओके सो okay, so बात हो रही है वेट लिफ्टिंग की uh, वेट्स उठाने की जो वेटलिफ्टर्स होते हैं तो रिजल्ट हो गया जना वेट लिफ्टिंग कैन रिजल्ट इन ड्रोमैटिक इंक्रीज इन द मैस मैथ ऑफ स्केलेट्रल मसल ये जो इंक्रीज है ये फॉलोइंग कौन से ऑप्शन की वजह सब से सबसे ज्यादा होता है प्राइमेरिली प्राइमेली का जिक्र सबसे ज्यादा किस शे की वजह से होता है पॉज तो ये है हाइपर ट्रोफी बी ऑप्शन करेक्ट है हाइपर ट्रोफी इंडिविजल मसल फाइबर की हो जाती है जिसकी वजह से टोटल मसल मैथ भी बढ़ जाता है ठीक है अच्छा घबराने की कोई जरूरत नहीं है ये ग्राफ है ये सिंपल है आपको आता है यहाँ पे टाइम शो हो रहा है यहाँ पे मेम्रेन पोटेंशियल शो हो रहा है ये ग्राफ आप जानते हैं मैंने तीन चार दफा तो मैंने इस प्रेजेंटेशन में बना दिया है बेटा जी ये एक्शन पोटेंशियल है ठीक है ये रेस्टिंग मेमरन पोटेंशियल है ये ये यहाँ तक आया फिर ये थ्रेशोल्ड अचीव हुआ फिर डी हो गई और फिर रीपोलराइजेशन हो गई अल्लाह खैर सब ठीक है तो इसमें अब सवाल क्या बनता है सवाल सिंपल है चेंज इन मेमर पोटेंशियल बिटवीन पॉइंट पॉइंट का जिक्र हो रहा है यहाँ पे पॉइंट नंबर बी और के दरमियान जो है वो कौन सी चीज चेंज को करवा रही है ठीक है कर चेंज बी कहां है बी ये है है बी ये और डी ये है, है। यानी ये इस दरमियान में इस दरमियान में बात हो रही है कि ये जो अब स्ट्रोक है ये क्या है ठीक है ये अब आप समझ ही गए होंगे कि ये तो काफी uh, सा जवाब है जवाब ऑब्वियसली इसमें ऑप्शन नंबर डी है ठीक है डी मूवमेंट ऑफ सोडियम इन टू द सेल ये कॉज करता है डीपोलराइजेशन जो कि हमें अब स्ट्रोक में देख लिया ठीक है उसके बाद आप देख लें एक सेकेंड विच ऑफ फॉलिंग इज प्राइमरी चेंज इनशियल बिटवीन ऑफ पॉइंट डी एन ई अब डीएनई क्या है कहा है ये बेटा जी डी है और ये e है, ठीक है ये अब डाउन स्ट्रोक है ठीक है की, यहां से यहां कौन लाता है? कौन सा आइन लाता है ठीक है सेल इसकी. इसकी यानी हम रीपोल आर ई वाला रीपोलराइजेशन की बात कर रहे हैं ठीक है यह भी अच्छा आपको एक्शन पोटेंशियल रिवाइज हो गया दोबारा अच्छा दो क्वेश्चन तीन क्वेश्चन रह गए हमारे ठीक है ये मुश्किल सवाल है आ, अम्मी से कहिएगा कि अच्छी तरह दुआ करें अगर तो अम्मी की दुआ बचाएगी आपको ठीक है? है, well है स्मूद मसल की और उन्होंने तीन बातें कर ली हैं डिलेड ऑनसेट हो रहा है लंबी हो रही है कॉन्ट्रेक्शन और ज्यादा फोर्स की हो रही है और कंपैरिजन हो रहा है अगर ये नफ ऑलरेडी नफ कम्प्लिकेटेड सवाल ना बने कंपैरिजन हो रहा है स्केलेटल के साथ और और ऑल ऑफ ऑफ द फॉलोइंग यानी एक ये ये और ये अगर स्मूथ मसल में हो रहा है एज कंपेयर्ड टू स्केलेटल मसल तो वो किस वजह से होगा ठीक है? है तो कर लेते हैं पॉज देखते हैं इसमें कौन सा बच्चा इसको ठीक करता है तो बेटे इसका जवाब है ऑप्शन नंबर डी ठीक है ये मैं या बाकी इसको देख लें ठीक है कि बाकी uh, है उदाना खास्ता अगर ये किस तरह से किस तरह का सवाल आया था तो चलो यू you नो know कि स्लोअर साइकिलिंग रेट ऑफ स्मूथ मसल मायोसिन क्रॉस ब्रिजेस मायोसिन क्रॉस ब्रिजेस जो स्मूथ मसल uh, में होते हैं उनका स्लोअर साइकिलिंग रेट होता है एस कंपेयर टू स्केलेटन मसल से ठीक है ये वजह होती है कि उनकी कंट्रैक्शन डिलेड ऑनसेट तो होती है लेकिन प्रोलॉन्ग होती है और ज्यादा फोर्स से होती है ऊपर वाला जो है वो स्मूथ मसल से रिलेटेड है स्मूथ कंट्रैक्शन से रिलेटेड है नीचे वाला स्केलेटल मसल फाइबर की जो कंट्रैक्शन की फोर्स है उससे रिलेटेड है पहले स्मूथ मसल वाला कर लेते हैं पूछा जा रहा है कि स्मूद मसल कॉन्ट्रेक्शन टर्मिनेट कैसे होती है ठीक है टर्मिनेट किस चीज से होती है ठीक है यह आपको आना चाहिए पॉज इसका जवाब है बी डी फुरेशन ऑफ माइसिन लाइट चेक ये बेटा आना चाहिए आपको ठीक है नहीं आया तो आप उसको रिवाइज करें दूसरा है, आखिरी सवाल है force of, force जो है, प्रोड्यूसल मसल मसल हो रही है हो हो रही है, उसकी force produce हो रही है, है। उसकी वो इंक्रीज किस चीज से होगी ठीक है ये भी आपको आना चाहिए इससे रिलेटेड एक एमसी की हम ऊपर कर चुके हैं ठीक है पॉज इसका जवाब है जब आप उसको इंक्रीज फ्रीक्वेंसी से स्टिम्यंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल ज़्यादा देंगे इसको तो इसकी फोर्स ऑफ कंट्रेक्शन बढ़ जाएगी ठीक है चले जी आ, इसमें कुछ एमसीक्यूज़ सी ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड हैं कुछ नर्व से रिलेटेड हैं और कुछ मसल से रिलेटेड हैं मुझे उम्मीद है कि अल्लाह करे इस तरह के एमसीक्यू आपको इंशाल्लाह शाला में आएँ ताकि आप अच्छे नंबरों से इनशा कामयाब होंक्म वरम्ह बबरकू